स्वागत है आप लोगों का आज हम देखने वाले हैं कंपनी के बारे में वैसे कंपनी में क्या होता है कोई एक कंपनी होती है मान लो उसका नाम ए लिमिटेड है सरकारी कंपनी है या अधिकतर शेयर यानी अंश डिबेंचर यानी रीढ़ पत्र और बॉन्ड जनता में बेचती है जब जनता में पब्लिस जब जनता में यह बेचती है तो जनता ये लेती है शेयर मान लो एक कंपनी का शेयर दस रुपये का है उसने द, दस हजार शेयर जनता में बेचा तो उसका एक लाख रुपये मिला उसको अब ये लोग जिन्होंने शेयर लिया शेयर होल्ड करने वाले या शेयर होल्डर जो होते हैं वह इतने के हिस्सेदार हो जाते हैं कंपनी में रिलायंस कंपनी में जितनों के जिन्होंने शेयर लिया वो हिस्सेदार हैं उनके तो इसमें होता क्या है एक शेयर शेयर के दो प्रकार होते हैं जब भी आप शेयर मार्केट से या शेयर मार्केट से शेयर लेंगे जो शेयर मार्केट से जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं वहां से अगर आप शेयर लेंगे तो वो आपको प्रिफ्रेंस शेयर देंगे यानी प्रिफ्रेंस शेयर का मतलब उस पर ब्याज निश्चित रहेगी टेन परसेंट नाइन 12% आपको महीने ब्याज मिलेगा और यदि आप बैंकिंग सेक्टर से किसी बैंक से आप शेयर लेंगे मान लो ये कंपनी है ए एल, एमिटेड कंपनी है या बैंक से कनेक्टेड है बैंक से अगर आप शेयर लेंगे कोई व्यक्ति शेयर लेता है तो उसको इक्विटी शेयर मिलता है इक्विटी शेयर मिलता है उसमें क्या होता है कि जनता में जनता मालिक बन जाती है एक तरह से जो शेयर लिए रहते हैं जो पब्लिक जो जनता होती है उसमें मालिक बन जाती है हिस्सेदार बन जाता है जितने का वह शेयर लिया रहता है इक्विटी शेयर से ये फायदा है लाभ मिलेगा तो लाभ अधिक मिलेगा